पिचकारी मारी लेकिन ये कुत्ता आज शायद अपनी इस आदत को बदल देगा ये तो जानवर है रहे इससे कहा मालूम कि तारों में बिजली दौड़ रही थी लेकिन अब शायद से आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा सड़कों पर नमूनों की कोई कमी नहीं होती और ये उन्हीं नमूनों में से है भाई ना सामने कोहरा है ना इतनी ज्यादा ठंड है फिर भी बंदा एक हाथ छोड़ के उस ट्रक के बिल्कुल पीछे घूम रहा भाई इमरजेंसी ब्रेक लगे चल <laughs> भोसड़ी के कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा पता अगर फिर रोक निकाल जब तक हाथ पकड़ेगा ना हैंडल में भाई घुस चुका होगा अगर आप सड़क पर हैं तो आपको अपने कान और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है पे तो हमेशा खुली करके चलना होगा नहीं तो ऐसा कांड होते देर नहीं लगेगी यहाँ पर इस रोड पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक बेवकूफ कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी एक बिजली के खम्बा में घुसा दी जिसकी वजह से बिजली के तार एक्सीडेंटली टूट गए हैरानी की बात है की पीछे सड़क पर इतना बड़ा कांड हो गया और इस बाइक पर जा रहे इस मूर्ख आदमी को इसकी फिक्र ही नहीं और अपने में बाइक घुमाए जा रहा था जैसा लद्दाख में घूमने को निकला हो इस वीडियो को देखने के बाद गधे को कोई गधा नहीं गएगा तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का इस गधे को भी मालूम था कि तारों में बिजली है मगर गधे की हंसी ने साला हमारे अरे <laughs> वे होश उड़ा दिए ठीक उस तो कुत्ते के जैसा कांड इस बकरी के साथ हो गया न यकीन आए तो देख लो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है